फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर से खुद से बैठकर अपने लैपटॉप से अपने टैब से पीडीएफ एडिटिंग कर सकते हैं वो भी फ्री में ऑनलाइन जाकर पीडीएफ ऑनलाइन एडिटर डाउनलोड करेंगे उसमें अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड कर वहां पर जाके चीज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ की कैसे आप बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करके अपने पी में करेक्शन कर सकते हैं डेलिंग डाल के सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट वेबसाइट आपको यहां दिख रही है फर्स्ट वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो टैब ओपन होगा उस टैब में आपको यहां पर अपलोड फाइल पे क्लिक करना है अपलोड फाइल पे क्लिक करने, करने के बाद मैं आज एक अपने बिल एडिट करके दिखा रहा हूं ठीक है वो बिल को मैं यहां पे अपलोड कर देता हूं वो बिल एक्चुअली क्या है वो बिल गूगल की तरफ से मेरे पे आया था इसमें क्या करना कैसे कैसे आप एडिट कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कुछ कर कर भी करना है आप वो भी यहाँ से कर सकते हो आपको बिल में अपना नाम चेंज करना है ठीक है बिल में अपना नाम चेंज करना है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कुछ भी चेंज करना है आपको यहाँ से कर सकते हो अमाउंट आपको चेंज करना है आप यहां से अमाउंट चेंज कर सकते हो ठीक है और कुछ भी आप अगर ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हो तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो और बहुत ही ईजी है कोई दिक्कत की बात नहीं सको तो जैसे मैंने यहां पर टैक्स टैक्स टैक्स इन्वॉइस बनाया है इसको ठीक है डिजिटली साइन पर क्लिक करेंगे डिजिटली साइन नहीं हो रहा लेकिन आप यहां पर आई को आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट भी, भी कर सकते हैं स्कैनर स्कैनर आप यहां से कोई भी एड्रेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं और अगर अप्लाई चेंज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अप्लाई चेंज पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस ये टास्क इस प्रोसेसिंग में डाल देगा वहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पर उसको नाम चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं तो मैं गूगल इनवाइस डाल देता हूँ गूगल इन्वाइस डाल के ओके कर देता हूँ ठीक है और यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड भी हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद ये किस तरीके से दिखता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप देखिए ये वो है जिसको मैंने एडिट कर रखा है ठीक है और मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जो सच में रियल है सच में जो है ऑरिजिनल कौन सा है ये वो है जो हमें गूगल ने सेंड किया था हमारा बिल ठीक है और, और ये वो बिल है जो हमने अपने हिसाब से इसको एडिट किया है एडिट करने मतलब आप उसको अपने हिसाब से किसी तरीके से एडिट करके यूज कर सकते हैं लेकिन ये करना बिल्कुल ही ठीक नहीं हाँ, अगर आपको छोटी मोटी कोई करक्शन है आप नहीं कर पा रहे कर सकते हो लेकिन अगर आपका नहीं दूंगा ये एडिटर मैंने उस बताया है आपको, ताकि अगर आप प्लीज इसे कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़े तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में तब तक के लिए धन्यवाद प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कैसी लगी तो आज की रेसिपी छोड़ा